सबे तो लोग देख रहे हो यहाँ पर से माइंड क्राफ्ट प्रोग्राम कमेंट्स कर रहे सब लोग कॉमेंट्स करते रहिए ज्वाइन होते रहिए लाइक वीडियो पर आज के लिए देखते रहिए वे लोग नाइन 90 देखते रहिए वे लोग So, देखते रहिए भाई लोग देख रहे ज्वाइन हुआ है आज का लाइव वीडियो तो थोड़ी देर किस से स्टार्ट होने वाले भे लोग आज का, लुग आप लुग दो पर का पांथोर क्लब से ज्वाइन हो जाओ भाई जिन जिन बायोग देख रहे हो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके आप लोग लाइव वीडियो को शेयर करके रख दीजिए आज वाइंग दो क्लब पर खेलेगा बहुत अच्छा नंबर होगा मेरा टारगेट भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा सो so, बाई लोग एंड लाइक करिए एंड बहुत बाय लोग ने लाइक कर रहे हैं कमेंट्स भी कर रहे कॉमेंट्स को देख रहे हो भाई लोग एंड यहाँ से बहुत बाय लोग ने कॉमेंट्स कर रहे हमारा देख रहे हो पचहत्तर बायल ने ज्वाइन हो लाइक किया है यहाँ पर से देख रहे हो बीरबाल सिन्हा ने किया हाउस आएगा भाई लोग हाउस किया आएगा तुम्हें आप लोग थोड़ी देर के अंदर से शेयर करने वाला भाई लोग देखते रहिए तो वही लोग आज वाह हिंदू फ्लब पर देखो भाई लोग एंड एस आर पर पानतोर पर देख रहे भाई लोग ऑलनी एट्टी फाइव ने ज्वाइन हुआ है वो लोग सब लोग ज्वाइन हो जाओ ऑलरेडी वे ज़्यादा टाइम नहीं है भाई लोग सब लोग शेयर कर दो वही आपका टारगेट भी हमारे साथ कॉमेंट्स करिए भाई जिन भाई लोग नहीं किए तो वह कमेंट्स करो फटाफट करके जल्दी करके एंड लाइफ पर जॉइन हो जाओ वही एंड बहुत भाई लोग ने देख रहे हैं को वह लोग भाई लोग ने ज्वाइन हुआ है होने वाला है वैलो मिनिमम वन थाउजेंड आज ज्वाइन होने वाले है हमारा साथ आज बाई लोग लास्ट डे है 2022 का एंड बीरबल भाई पारवेश भाई ने कॉमर्स करे बहुत अच्छा एंड कॉमेंट्स करिए आपका टारगेट भी भाई लोग आपका क्या टारगेट होने वाला है आज का सब भाई लोग देख रहे हो लाइफ पार्ट तो वह लोग कॉमेंट्स करिए एंड माही बहन ने डबल जीरो उनो फाजो ने टू हाउस टू इंडी कमेंट्स किया डबल टू एफ आर कॉमर्स बीरबल मेरा हाउस बोलो बाए मेरे हाउस तरफ से वो लोग आज का जो रेजल्ट होने वाला है सिक्स हाउस से होने वाला है आज मेरी हिसाब से वह लोग आप लोग चाहते तो आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हो सो तो वह लोग देखते रहिए एंड वह लोग देखते रहिए आप आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का भैलो देख रहे हो भैया हंड्रेड के ज़्यादा हो गए थैंक यू सो मच अभी तक जिन भाई लोग ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके अपने तो को शेयर करो ज़्यादा नहीं बह लोग एक एक करके और नहीं शेयर करो वह लोग आपका बहुत भाई लोग इंतजार में रहता है शायद लो, उस लोग को भी लाइव वीडियो मिलने के लिए भैलो सो so वह लोग देखते रहिए आप लोग सो वे लोग देखते रहिए आप लोग एंड आज के लिए हमारा हैं आतीकिकुल भाई ने सेवेंटी थ्री कहा है पाथंग जाते ने जीरो सिक्स दीपक तिवारी ने 41 वन कमाए दीपक तिवारी ने एट्टी सिक्स सिक्सटी एट कमेंट्स किए कमेंट्स आपका टारगेट महेंद्र भाई ने जीरो अलाउद्दीन शेख ने फिफ्टी फोर भाई ने कौन से सिक्सा उस बहुत अच्छा है भाई अनोर भाई के साथ मेरा टारगेट भी मिल गया है, है। सो देखती रहे एंड जिन जिन भाई लोग देख रहे हो भाई प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके शेयर कर दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो भाई लोग टारगेट वीडियो पे आप लोग के साथ मैंने दे दिया था भाई लोग आप लोग नहीं देखा तो भाई लोग प्लीज़ प्लीस जाके हमारा टारगेट वीडियो को देख लेना भाई लोग एंड साथ ही साथ भाई लोग हंड्रेड आदमी ज्वाइन हो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या भाई लोग नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं है क्या प्रॉब्लम होगा भाई लोग एंड जावाई का रेजल्ट को भी आप लोग देखो यहाँ पर नाइनटी सिक्स एन एस एफ और 90 एन यहाँ से आज का कॉमन नंबर को देखो भाई लोग कॉमन नंबर से भी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेसन कर सकते हो यहाँ पर देख रहे हो भाई लोग थोड़ा सा देख के समझ के खेलिए इकतीस मे टू के लिए आज वाहिंदो क्लब एन एस एफ पांथोर क्लब है सो so, लोग प्लीज प्लीज अम्ब्रस माराक ने सिक्सटी कॉमन किया बहुत अच्छा है अम्ब्रेस मारा रिपेंग जॉइन एस्टर डी माराक माराक रिपेंग कैसे हो चोन दी मारग आपका सीरा एं तो शी शी शी सी आरें आरें हो एंड अलाउद्दीन प्रेम तो सिक्सटी सिक्स सिक्सटी टू सिक्स जीरो कौन सा आर एग आर एन रिपेंग फाइव सेवेंटी ट्री कौन से महेंद्र रॉयन कौन सा आपका नंबर सही मैं एक्चुअली भाई लोग अब तो जानते हो आ, मैं किसी को नहीं देता मिलन थी पुराने कौन से टू इंडिंग एंड माहि ने कौन से सिक्सटी नाइन सो वाई लोग देखते रहिए भाई लोग भाई लोग दो के आसपास ज्वाइन होने वाला है प्लीज़ प्लीज़ अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, एक एक करके लाइब्रीरो को शेयर कर दो आप लोग एंड आपका फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दो भाई लोग एंड चाहे का रेजल्ट को भी देखो नाइन्टी सो भाई लोग सिक्स एंड जीरो से रेजल्ट होने वाला है ये पक्का हो गया भाई लोग सिक्स एंड ज़ीरो से एंड सो वही लोग देखते रहिए आज का कैरेजल होने वाला है आप लोग के साथ 200 की दो ए वन हंड्रेड थर्टी अभी तक बहुत बालों ने शेयर नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके आप लोग लाइब्रेरी को शेयर करो बैलों पेज की तरफ से जिन बाल लोग देख रहे से प्लीज़ प्लीज़ शेयर करके रख देना सो so भाई लोग ज़्यादा तक टाइम नहीं है भाई लोग आइंग दो के आप लोग देखते रहिए एंड आई ब्रो अभी तक नहीं हुआ क्या भाई लोग नजरानी कौन सा अभी थोड़ा सा बाकी है भाई लोग एयरो स्टेडी कर रहे हैं एंड प्लीज़ प्लीज़ भाई लोग जिन भाई लोग ज्वाइन हुआ है 300 के आसपास ज्वाइन हो ऑल नहीं भाई लोग तीन सौ भाई लोग जॉइन हुआ है और भी भाई लोग मेरे ज्वाइन होने का बाकी है किशोर चक्रवोर्ती डबल नाइन मोबी ऑल ने जीरो एंड क्या हुआ अनुपाजुक ने कॉमर्स करे सो भाई लोग एन साथ ही साथ भाई लोग मेरे एक भाई ने लोग उनसे भाई वीडियो शेयर करें थैंक यू सो मच भाई जिन भाई लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करे तो प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके लाइक वीडियो को प्लीज़ प्लीज आप शेयर करिए आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए आप लोग बेलो मैसेज पर शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं बहुत सारे बह लोग देखने के लिए इंतजार में रहते हैं बेलोग वीडियो साथ में देखने का मजे अलग होता है साथ में खाने का मजे अलग होते हैं बेलोग थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो को बेलो एक साथ में देखने हैं बेलो हमारा हकीम उद्दीन है हॉक ने फिफ्टी मोहम्मद भाई ने मोहम्मद आनिस भाई ने कौन से फोर दास ने हाई हेलो बापन दास कैसे हो प्रो प्रदीप देवरमा डबल रॉकी ने जीरो फोर की लोग शेयर किया लाइब्रेरी और कमेंट्स के लिए चैत्या सेवन जीरो सेवन फाइव कॉमंस के फोर फाइव एंड जिन जिन मैं लोग पेज की तरफ तो से देख रहे हूँ हमारे सिल्ग थी एजोट्रेशन पेज की तरफ से मैं लोग पेज को फॉलो करके रख दो शेयर कर दो तो मैं लोग अभी तक अभी शेयर करो पेज पर इतना ज्यादा व्यूज़ नहीं हो रहे लोग मैं छोड़ रहा हूँ सोच रहा छोड़ दूँ मैं लाइक व्यू करना पेज एं पर एंड साथ ही मैं लोग देख रहे हैं यहाँ मोती और हॉक ने नाइन्टी चिंतू मानी ने नाइन्टी वन मेरे एक सिस्टर है सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर कॉमर्स बहुत सारे भाई लोग ने चाय एंड जीरो थ्री वन जीरो लो संगमाने कमेंट्स करे हमारा साथ बहुत ज़्यादा लो भाई लोग थोड़ा देख के समझ के लिए स्टार्ट होने वाला है टाइम नहीं है भाई लोग आज इक्कीस मई 2022 थाउजेंड ट्वेंटी के लिए जावे का रिजल्ट को भी भाई लोग देख लो आप लोग के लिए जावे का रेजल्ट भी मैं दे दो लोग और दो तीन मिनट है भेल स्टार्ट होने वाले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके आप लोग शेयर कर दो बेलो आप यहाँ पर पेज की तरफ से 68 एट बालक ने जॉइन हुआ है सो बे थैंक यू सो मच जिन जिन ज्वाइन हुआ है एंड चैनल पर जिन जिन सब्सक्राइब नहीं किया तो वे प्लीज़ प्लीज़ जाकर यहाँ पर से देखो छब्बीस किए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करके रख दो बेलो लोग से दीपक कुमार ने टू कॉमन मोलांगी वन फोर्टी आचार्य ने कौन से फोर्टी सेवन एंड सपन बाई ने कौन से थर्टी फाइव फिफ्टी ने मोलांग जामिन ने कॉमन करा है एंड वह लोग देखते रहिए मोजाहिर भाई ने कौन सेवेंटी वन बहुत अच्छा टारगेट है अभी वे लोग दो मिनट है दो मिनट के अंदर से मै लोग स्टार्ट होगा भैया प्लीज़ प्लीज़ अभी तक वह लोग पाँच सौ लोग नहीं जॉइन हुए प्लीज़ प्लीज़ जिन बैलोग कौन कौन बायलोग शेयर नहीं किया तो वह लोग कॉमेंट्स करिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके शेयर कर दो मैं लोग एक साथ में देखना चाहता हूँ लाइव वीडियो एक साथ में देखने मजा ही अलग होता है एक साथ में देखने से भैया रेली दिल को खुश लगते हैं अच्छा लगता so है सो भैग अभी तक बहुत बाल लोग ने जॉइन नहीं प्लीज़ प्लीज़ एक एक करके लाइव वीडियो शेयर कर दो आज एफ के लिए वाइंग दो वन से आज का एरोज़ नंबर है एंड होल्डिंग पड़े 60 डिस्टेंस पर 60 टारगेट पड़ेगा 44 फ़ोर इंटू थर्टी एट फोर्टी से मैं सिक्स हाउस होने वाला है आज का मेरी तरफ से जो कैलकुलेशन है मेरा टारगेट है थर्टी फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी एंड वन मेरी टारगेट को फिर से बोल रहा हूं मैं लोग आप लोग सुनिए चाहो तो नोट कर सकते हो आठ हमारा सिक्स हाउस आज का मेरी तरफ से थर्टी फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू एट्टी फाइव ट्वेंटी वन एंड सेवेंटीन सो वही लोग सिक्स हाउस होने से खुश हो जाऊँगा एंड थर्टी फाइव खेलने से अच्छा लगेगा एंड भाई लोग साथ में भाई लोग सिक्सटी एट खेलने से भी बहुत खुश हूँ भाई लोग सो so वह लोग ज्वाइन हो जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, शेयर कर दो भाई लोग अभी तक जिन भाई लोगों ने शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर कर दो पवित्र जमातें अप्रो फाइव हाउस कमांस के शेयर कर दो थ्री तम देबार अपने टू इंडिंग हम कराए जमा जी सिस्टर ने कमेंट से मेरे बहुत साछा अच्छा सिस्टर कॉमेंट्स करे एंड यहाँ पर से पेज की तरफ से रंखा ब्रो ने थर्टी थ्री कॉमेंट्स किए है रंखा ब्रो वेलकम ब्रो हमारा पेज पर पेज को फॉलो करके रख दीजिए आप लोग के लिए तो लाइव देता हो बैलो आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कौन भाई करेगा खुद बोलिए भे लोग सब लोग देख रहे होली वन मिनट है वन मिनट के अंदर से प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दो भे लोग अच्छा यहाँ पर वाइंदो क्लब है वन हेरोस से एसआर किले रह गया क्लब पे है पर रह गया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी हेरोस है, है सोबाई लोग देखते रहिए सब so सबकुक स्टार्ट होने वाला जिन-जिन जिंज बैलो देख रहा रुक सब तो लोग स्टार्ट होने वाला है बे सब लोग जिन जिन बैलोग देख रहे हो या पर से बैलोग देख रहे हो आप लोग सब तो लोग देख रहे हो स्टार्ट हो गया बेलोग हमारा आजकल तो है सो देखते रहिए कमेंट्स करते रहिए वे लोग छः से के आसपास पास बैलोक ज्वाइन हुआ है बे सन्जॉय नाम का एक बाई ने भी ज्वाइन हुआ है सब लोगों को कुछ कुछ बायलॉक होता है लोगों के साथ धोखाईबाजी करते है, हैं चीटा रेमी करते हैं जानते हैं अच्छी तरह से उस लोगों से दूर रहना वही लोग बहुत सारे भाई है वही लोग इसलिए लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं मिलता है कुछ बाई होता है सब तो लोग दुनिया में एक बात है वही लोग आप लोग जानते कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है सब लोग देखते रहे दिन बाई लोग देख रहे हो पेज की तरफ से 132 हंड्रेड थर्टी टू भाई लोग ने थैंक यू सो मच पेज को फॉलो करिए हमारा चैनल को भी आप देख लेना एंड यहाँ पर से बहुत भाई लोग ने कॉमर्स करा है हमारा बहुत अच्छा लग रहा है देख रहे हो भाई लोग यहाँ पर विश्वजीत दास ने कमेंट्स किए ओनली ऑनली फोर मिनट्स है ज़्यादा तक मिनट नहीं है भाई टाइम तो बहुत कम है।, तो बहुत है भाई लोग देख रहे हो भाई लोग जमा दे भाई गोटी शेयर कर एस आर के नंबर दे दिया है मेरा टार्गेट भिडियो पार एस आर भी दे दिया है भाई। टार्गेट देखा रेलवे स्टेशन चले सब लोग देखते हो एपर एन एसर के लिए फोर एनसिक्स है थार्टी फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी टू एट्टी फाइव ट्वेंटी वन ओन सेवन आप लोग दे दिया है बेलोग सब लोग दे रहे हो भाई लोग हमारा छः भाई लोग जॉन हो बहुत भाई लोग जॉइन होने के बाद लोग देखते रहिए sing 5 seconds 4 seconds 4 seconds 3 seconds 2 seconds देख, रहो, देख, रहो, देख रहे हो गेम अप हो गया लोग देख रहे हो जिन जिन बैलोग देख रहे देखते रहे बेलो कमेंट्स करते रहे वन इंडियो पांथोर वन थाउजेंड ट्वेंटी उसके अंदर से कैर होने वाला शेयर करो प्लीज प्लीज एक दो लोग चल रहे हैं कविंद्र दास ने सेवन जीरो पैनट बन जीरो थ्री असली खेल अभी शुरू होने वाला है असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है भाई लोग स्किन कॉमेन हटा दो सर ओके okay, हटा देता हूँ आप लोग थोड़ी टाइम के लिए आप लोग देखो थोड़ा गेंद से किन कमांड को, को हटा दिया व लोग शेयर करते रखिए वे लोग तो बालुक जिन जिन बैलोग देख रहे हो क्या होने वाला है आप लोग के साथ जरूर मैं शेयर करूंगा आप लोग बोला इसलिए थोड़ा स्क्रीन को मैंने हटा दिया वह लोग और आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो लोग कमेंट्स कर सकते हो और जिन जिन बायलोग देख रहे हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो आप वो टू हाउस बहुत सारे एरोस है वह लोग चिंता करने की कोई बात नहीं चैन को सबसे बैलून बटन जो है ना बेलो साब कर बैलून बटन पर बैलो क्लिक करके रख देना बिलो ब देखती रही है आज का बैलो बैलो पंद्रह सौ बैलों ज्वाइन हुआ है हमारा पेज हमारा जो चैनल पर है इन चैनल को सब्सक्राइब करके जिन बेलोक ने ये रखा है रख दो बेलोग देख क्या रेजल होने वाला है और भी एरो, बहुत एरो निकलने जाने दो वे लोग वन हाउस टू हाउस थ्री हाउस फोर हाउस फाइव हाउस क्या भाई, भाई 51 मार सब क्या भाई लोग 51 ओ सेट सब लोग भाई लोग oh, 51 वन रिजल्ट है लोग देख रहे हो सब भे लोग जिन जिन भाई लोग को सक्सेस हुआ है भैया आप लोग कमेंट्स कर सकते हो हमारा साथ भाई लोग फिफ्टी है बहुत बढ़िया मैंने मैं लोग बोला था भाई लोग थर्टी वन पर वन से खेलेगा भै लोग साथ में वह लोग फिफ्टी खेल दिया है बहुत बहुत भैलो कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिन भाई लोग फाइव आउट सक्सेस एंड वन इंडिंग पर सक्सेस जिन भाई लोग को एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना भाई लोग एंड एस का लाइव वीडियो भी दूंगा एंड एस का थोड़ा टारगेट शेयर करूंगा, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग देखते रहिए एस पर खेल सकते हैं 35 फाइव एंड एट्टी फाइव चारों नंबर थर्टी फाइव एट्टी फाइव ज़्यादा तक खेल सकते हैं नहीं तो वह लोग सिक्स आवर्स होने वाला है सिक्स आवर्स का होने का चांस है क्योंकि वे लोग हुआ था जवाका एफ आर एन एसर पर हुआ था आप लोग जानते हो 90. जीरो सो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके रख देना थैंक यू सो मच एंड जिन जिन बैलों को सक्सेस हुआ है मै लोग कॉमेंट्स करिए हमारा हमारा कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट्स करिए जिन जिन बाइलों को सक्सेस हुआ है आज का हमारा साथ कमेंट्स करिए भे लोग एंड थैंक यू सो मच ऐसा लाइब्रेरी मिल जाएगा सब लोग अच्छे से ना बाय बाय